इसी के साथ वीडियो को स्टार्ट करते हैं लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले ना चैनल चैनल चैनल को को को सब्सक्राइब सब्सक्राइब सब्सक्राइब कर दो यार नहीं करते आप वीडियो देख लेते हो लगेगा मेरा करो अभी। इसी वक्त तो पक्का गर्लफ्रेंड नहीं पड़ेगी सिंगल मरोगे तुम सिंगल अच्णार। अच्णार। अच्णार। जा जा जा जा जा जा जा घूमता फिरता जी जो घर पर भाजी पंडित जी यो यो पंडी जी पंडित जी कौन नहीं यो को ये आ गई थी ना हां उसे हो गया कल कल ये जो है कोलकाता दो कोलकाता गर्ल्स हां कहियो का आयो पुलके छे पुलके अलन छे शिवा तो साजेम चलना ये नहीं कि येते रोता ये साजेम चला जा छी के बने बेसो न के बेठ लो क्या बजा यार तब 4 बजे काकोनो चली आ गई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 आलो रे एकटा बाहिर में बेच दलिए ये जो पानी के चलो यहां जाकर जल सेवा कर पानी भाई हां बैठो बैठो अरे कुत्ता ए हे तू तू ए क्यों गिरा लियो हां देख लेना माफ म हां जोक जो रुको पंडित हाँ हाँ रे कर दान आवो पटू कर दान अब बचा कर दान रे अल्लाह किया जो जो पं जोक जो जो जो, जो जो तो पंडित का खाना खाना कुछ ज़्यादा कर देना हमारे लिए कुछ ज़्यादा कावेजी क्या नाम है अल्लिया है अल्लियो तो अल्लियो अल्लियो हल्लीयो करें चीज़ खाइयो उन जल्दी जल्दी हाथ लेट कर के लिए हाँ नहीं पूछ रहे कि कहाँ करें चीज़ उन अपनी है ना चलने चाहिए तूने नहीं पूछा चाहे पंडित पंडित है जये लाये जाइए तैयार हैं हम रे ऐसे ना आ जाओ ता पंडित पंडित है जये हाँ ना नहीं पूछ रहे तो ये बात है जनमानसी भी हो और कुछ य कदम बैग कदम बैग ये वाला वाला ये पटेल आ गए पापा देना कल की यानी छह ने जजमानियों बुलावा के परसे ना थी थी ना बुलावा के परसे किस बात पे खेलता है कुछ-कुछ करना यार छह ये अंगूठी तोरना है कुछ-कुछ पास कर लेना है ना छन दो कई ना खेलिया? लाठी नहीं अथी रे जगवान बड़ मजा आरोना वायरस नहीं मिले मुझे ख़सिया को काट दीजिए। तो हमर मुर्गे बार नहीं हम गलती गलती गलती नहीं नहीं, नहीं, नहीं,